पेर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना तकलीफ सिर्फ तुमको ही हो और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत तुरंत आज ही टूडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशन को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए आज ही। कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी अनकंफर्टेबल रहिए। मैं बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता झोपड़ी के के को फ्रीवर नहीं होता, नंगा घूम रहा है है जनवरी की सर्दी अंदर, ना? लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में बीमार हो जाता है मेरी बात बात को अदरवाइज मत लीजिए, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड क्योंकि हमारी लगे और वो देखो नंगे घूम रहे और ऐसा घूम घूम के उनका इम्यून सिस्टम इतना शानदार हो जाता है कोई हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता मैं फिर कह रहा हूं आपको प्लीज अपनी लाइफ को कंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल